हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशेक टेक पर तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ईस कार्ड की जो गवर्नमेंट द्वारा छोटे मजदूर या छोटी जॉब करने वाले आ, सभी व्यक्तियों के लिए है फीमेल्स और मेल सभी के लिए है जिनकी उम्र 16 से लेके उनसठ वर्ष है वो सभी इस कार्ड को बनवाने के पात्र हैं तो फ्रेंड्स चलो आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसके लिए हम सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स चलिए हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है यहाँ पर हमारे लिए ये वेबसाइट डाल ली है जिस जो जिसके लिए आप यहाँ सर्च बार पर टाइप करके डालेंगे रजिस्टर डॉट ईश्रम डॉट ये वेबसाइट जैसे आप एंटर करेंगे तो ये एक पेज खुलेगा ये वेबसाइट खुल चुकी है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की और से बनाया जा रहा है कार्ड जिसमें आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सबसे पहला ये सी के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें जो सी एस ले रखी है जिन जो ऑपरेटर है सी का कार्य करते हैं वो उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और दूसरा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन तो फ्रेंड्स सी वाले तो प्राय सभी कर ही सकते हैं तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है जो खुद से लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो ये फ्रेंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं बना रहा हूं तो इसमें आप देख ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मतलब आपके लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले आपको आधार नंबर चाहिए और जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर अपडेट है वो चाहिए साथ ही साथ बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए जिनमें से आपकी सब्सिडी या जो भी इसके तहत आपको सुविधा मिलेगी वो उसमें आएगी पैसे के पैसे के तहत जो भी आएगी वो इसमें आएगी तो हम यहाँ सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ जी फ्रेंड्स मैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूं। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहां हमें कैप्चा कोड भी डालना है कैप्चा कोड जो दिया है वो हम डाल देंगे कैप्चा कोड डालने के बाद हम वेट करेंगे क्योंकि उस पे हमारी पर हमारे फोन पर ओ आएगा तो जो भी ओ आता है वो हम यहां ओ टी सबमिट कर देंगे ओ सबमिट करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है या वेबसाइट का सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा ये रजिस्ट्रेशन का पेज आता है यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है तो अपना आप ट्वेल्थ डिजिट का आधार नंबर डाल देंगे और यहाँ एक्री पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा जहाँ हमें अपनी जानकारी फिल करनी होती है हाँ जानकारी फिल करने के पहले यहाँ हमें आधार का ओ डालना पड़ेगा सिक्स डिजिट का जिससे आपकी ई हो जाएगी देखिए फ्रेंड्स ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल गया है यहाँ पर हमारी आधार से ईकेवाईसी के थ्रू जो हमारी जानकारी है वो यहाँ आ जाएगी नाम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस वगैरह और डिस्ट्रिक्ट पूरा एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा साथ ही साथ यहाँ यदि आपका बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है या आपने कभी करवाया है तो वह बैंक अकाउंट का नाम भी यहाँ आ जाएगा जैसे यहाँ सेंट्रल बैंक का नाम आ रहा है फिर इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज होता है इसमें रजिस्टर्ड नंबर जो मोबाइल नंबर डालो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं ईमेल मेल आई डाल सकते हैं यहां पर आप साथी सुधाए अनमेरिड है मैरिड है दे दे जो भी है वो डाल सकते हैं फिर उसके बाद फादर नेम डालना होता है फिर उसके बाद सोशल कैटेगरी होती है जो भी आपकी कैटेगरी है जर्नल ओ वी सी वो डालते हैं फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप का है ऑप्शन यदि आपको ब्लड ग्रुप के ना लीजिए तो आप डाल दीजिए करवाए चेक तो नहीं है तो छोड़ ही सकते हैं फिर ये एक ऑप्शन है विकलांगों के लिए या जो जो भी अशक्त है थोड़ी बहुत उनमें डिसेबिलिटी है उसके लिए ये यश्नोकार नॉमिनी का है नॉमिनी एड करना है तो नॉमिनी एड कर सकते हैं नहीं करना तो बाद में भी कर सकते हैं तो इसको सबमिट कर देंगे फिर इसके बाद पेज आता है रेसिडेंशियल डिटेल्स का तो फ्रेंड जी रेसिडेंशियल डिटेल्स में आपको निवास की जानकारी डालनी पड़ेगी तो सबसे पहले होम स्टे डालना है होम स्टे मध्यप्रदेश डाल देता हूं यहाँ हाउस नंबर डालिए आप और फिर लोकलिटी इंडियन डाल सर इंडियन ही है सभी इंडियन के लिए ही है तो इंडियन डाल देंगे फिर स्टेट डालेंगे फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील जो भी है आपकी ब्लॉक तहसील लगता है वो डाल देंगे पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर स्टेइंग करंट लोकेशन मतलब जितने साल से आप रह रहे हैं वो डाल और साथ ही साथ इसमें एक है माइग्रेंट वर्कर का मतलब माइग्रेंट ये होता है जैसे आप अदर स्टेट में रह के जॉब कर रहे हैं तो यदि आप अदर स्टेट में रह के जॉब कर रहे हैं तो आप यहां दस स्टेट का डिटेल डाल दें ये स्कार के डिटेल डालेंगे और यदि आप सेम सेम स्टेट में रह रहे हैं सेम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में रह रहे हैं तो उसको नो कर देंगे इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं बस सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड सेवेंट कंटिन्यू करने के बाद ये दूसरा पेज खोलेगा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ट्वेल्थ है हाई स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल है वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर और तो फ्रेंड यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो लेकिन ये रेड स्टार स्टार से रेड मार्क नहीं है तो नहीं डाल नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं फिर इसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है दस या दस से कम है दस ज्यादा है पंद्रह जो भी है आप डाल सकते हैं ये डालने के बाद हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसके बाद ये आ जाता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का फेज मतलब आप क्या कर रहे हैं जो आप करंट वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी आप लेबर वर्क में हैं तो वो यहाँ डालना है तो ये जो जो मैं पेन ये आधा जो बना रहा हूँ जिसका कार्ड वो फ्रेंड्स वेजिटेबल्स का करते हैं तो इनका ये वो डाल देंगे अपन सर्च करके यहाँ पर सर्च करके डालेंगे फील्ड फॉर वेजिटेबल ग्रोथ और साथ ही साथ आप ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक टू व्यू एन कोड्स लिस्ट कोड्स यहाँ पर आप क्लिक करके अपना वर्क सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं कि क्या डालना है ठीक है फ्रेंड मैंने ये डाल दिया फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स ठीक है फ्रेंड इसके के बाद यहां पर आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है कितने टाइम हो गया आपको करते हुए और फिर ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास आईडी या कुछ है तो यहाँ डाल सकते हैं uh, है तो या है तो इस आप कुछ और करते हैं साथ ही तो साथ वो भी डाल सकते हैं फिर इसको सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे ठीक है बैंक अकाउंट डिटेल्स का पीस तो यहाँ पर यदि आपके ऑलरेडी सीडेड है मतलब आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक है तो यहाँ शो हो जाएगा जैसे ये सामने वाले व्यक्ति का तो सेंट्रल बैंक में अकाउंट लिंक है यदि आपको यही रखना है तो यस नो करके सबमिट कर दीजिए यदि आपको दूसरा बैंक अकाउंट चेंज करना है इसके अलावा तो इस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे दो बार फिर अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और यहाँ आई कोड डाल के सर्च कर देंगे सर्च करते ही आपका बैंक नेम आ जाएगा और ब्रांच नेम आ जाएगा फिर उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे सेवेंट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इनका ऑलरेडी सेंट्रल बैंक अकाउंट ऐड है तो मैं इसको नो no कर दे रहा हूँ यही बैंक अकाउंट इनका यही चाहिए इनको इसके बाद से ठीक है फ्रेंड ये जो आपने डिटेल भरी है ये इसका प्रीव्यू आ जाता है मतलब जो भी आपने जानकारी भरी उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कुछ गलत तो नहीं है गलत है सही है तो ये रजिस्ट्रेशन पेज हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा ये यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल के वाई सी के थ्रू आधार कार्ड से आ जाती है उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्शन और बैंक अकाउंट डिटेल फिर उसके बाद यहाँ चेक मार्क लगा के सबमिट कर देंगे सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका जो श्रमिक कार्ड है वो इस तरह से बना हुआ आ जाएगा इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये जो डाउनलोड यू एन कार्ड लिखा हुआ है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं तो फ्रेंड्स ये था आपका श्रम कार्ड बनाने का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लाइक करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए